एक बार एक बहुत ही खराब अभिनेता था सचमुच बहुत ही खराब जो हेमलेट का किरदार कर रहा था जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा उसकी एक्टिंग और भी बुरी होने लगी जब उसने मशहूर लाइन कहनी शुरू की To be or not to be। लोगों ने उस पर चीजें फेंकनी शुरू की उन्होंने अपने जूते निकाले और उस पर फेंके तो वो स्टेज से नीचे उतरा और बोला भाई लोगों यह घटिया नाटक मैंने नहीं लिखा है दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ही कुछ गड़बड़ी है दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि भगवान ने ही कुछ गलती की है उस गलती को समझाने के लिए या अपनी इस गलती का हिस्सा होने का कारण बताने के लिए उनके पास हर तरह की फिलॉसफी होती है धरती पर जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं अगर आप उन सभी को इकट्ठा कर लें उन सभी में मिलकर भी उतनी सुंदरता नहीं होगी जितनी इस पेड़ के एक पत्ते में है लेकिन वो फिर भी लोगों को जीवन भर व्यस्त रखती हैं क्योंकि उनमें वैसी व्याख्याएं मिल जाती हैं जैसी वो सुनना चाहते हैं फिलॉसॉफर्स अक्सर ऐसे आदमी होते हैं जो अपना काम काज छोड़ चुके होते हैं महिला फिलोसोफर कमी होती है ऐसे आदमी जो कम से कम खुद के काम छोड़ने की सफाई दे सकते हैं तो ये बेकाम लोग जिनके पास ना कुछ करने को होता है ना कुछ नया बनाने को वो बस फिलोसफीज निकालते रहते हैं किसी का भी कोई फिलोसफी बनाना इस सृष्टि के खिलाफ गुनाह है किसी को एक विचार भी बनाने का हक नहीं है जब इतना कुछ किया जा चुका है अगर आप हजार जीवन कालों के लिए भी यहां आए और 2400 घंटे इस पर ध्यान देते रहे तो भी आप इस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं जान पाएंगे जब इस तरह की सृष्टि मौजूद है किसी का अपनी खुद की बकवास सोचते रहना एक गुनाह है लेकिन समाज में बदकिस्मती से आज दुनिया इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी को समझ नहीं आता तो बहुत से लोग सोचेंगे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं बुद्धिमानी लोगों को वो समझा पाने में है जो वो नहीं समझ पाए थे जिन चीजों को वो सदियों से अच्छे से जानते थे उन्हीं के बारे में उन्हें कंफ्यूज कर देना बुद्धिमानी नहीं है बदकिस्मती से ऐसे लोगों को स्मार्ट और बुद्धिमान समझा जा रहा है लोग शब्दों के प्रेम में पढ़कर दुनिया से दूर हो गए दुनिया से जुड़ने का समय आ गया है अगर आप अगर आप अपने मन के कचरे के ढेर के शिखर पर खड़े हों तो आपके पैर जमीन को कभी नहीं छूएंगे अगर आपके पैर जमीन को नहीं छूते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह क्या है इसीलिए इस संस्कृति में आप हर जगह देखेंगे कि लोग पूरी तरह से झुकते हैं वो चाहते हैं कि उनका पूरा शरीर जमीन को छुए सिर्फ पैर नहीं जीवन का या फिर दिनचर्या का अधिकतर हिस्सा पूरी संस्कृति ऐसे बनाई गई कि आप नंगे पैर चलें। अगर आप पथरीली जमीन पर न चल रहे हो तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप धरती के साथ संपर्क में रहें मगर आपको और कुछ समझना है। अगर आप बस दस दिनों तक ऐसे बैठे तो आप हजार किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा जान जाएंगे क्योंकि अगर आप बस ऐसे बैठते हैं तो धरती मां आपके अंदर समा जाएंगी आपसे पूछे बिना इस पर विश्वास मत कीजिए उन्हें आप में समाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे घास की एक पत्ती धरती से बाहर निकली है आप भी बस वैसे ही हैं बस आप थोड़ा चल फिर सकते हैं वरना अभी यहां बैठे हुए आप बस मिट्टी का एक ढेर हैं आप बस वही हैं आप सोच सकते हैं कि आप कुछ और हैं लेकिन आप बस वही हैं और वो होना छोटी बात नहीं है अगर आप खुद को कुछ और मानते हैं तो वो छोटी बात होगी वरना आप खुद ये धरती हैं आप खुद ये सृष्टि हैं तो आप इस धरती पर एक छोटा सा उभार हैं और ये मत सोचिए कि ये छोटी बात है वलियंगिरी पर्वत भी धरती पर एक छोटा सा उभार है हिमालय भी छोटा सा उभार है आप भी हैं हर संभव तरीके से वास्तविकता से जुड़े रहकर ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है अपने दिमाग में बेकार की बातें सोचकर नहीं जो किसी चाय की पार्टी में तो चल जाएगी अस्तित्व में वो नहीं चलेगी समाज के नाम पर आपने जिन मूर्खों को अपने आसपास इकट्ठा किया है उनके सामने वो चल जाएगी सृष्टा की नजरों में वो नहीं चलेगी अगर आप सृष्टा की आंखों में फेल हो जाते हैं तो जो भी दूसरे गौरव आपने हासिल किए हैं वो खोखले हैं वो आपका साथ नहीं देंगे जब शरीर को छोड़ने का समय आएगा जब धरती को वापस धरती में डालने का समय आएगा तो वो निश्चित रूप से आपका साथ नहीं देंगे